प्यारे प्रदेशवासियों भाई और बहन के प्रेम के पर्व भाईदूज पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भाईदूज का पर्व बहनों की रक्षा के संकल्प और भाइयों की लंबी आयु की कामना का पर्व है आइए आज हम सभी मध्य प्रदेश को बहनों की खुशी और सुरक्षा में अव्वल प्रदेश बनाने का संकल्प लें